सजना है मुझे सजना के लिए चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम तो। चांद से है दूर चांदनी कहाँ और दूर रहे भी तो कैसे करवाचौथ जो है करवाचौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं रखती हैं और हर सुहागन बस यही चाहती है कि आकाश देखूँ मैं आज की रात चाँद और पिया दोनों को साथ साथ नमस्कार मैं हूँ ऋषिका और आप देख रहे हैं दखल करवा चौथ का इंतजार हर सुहागन को रहता है उनके पति भी उतने ही उत्साहित होते हैं हम हाँ इस वक्त सावरिया डिजाइनर लॉन्च में हैं और आप देख सकते हैं कितने धूमधाम से लेडीज करवा चौथ की तैयारियां कर रही है अंकल आ, किस तरह की डिमांड है आंटी की क्या साड़ी दिलाने के लिए लाए हैं आप और भी चीज़ें ली जाती हैं मतलब तो साड़ी भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये करती है तो कोशिश यही करते हैं कि पसंद की साड़ी दिला दी जाए दशहरा खत्म होते ही तैयारी शुरू हो जाती है करवा चौथ की तो वो तो, तो करवा चौथ तक चलती रहेगी क्या आप आंटी के लिए लेना पसंद करेंगे महिलाओं को ज्वेलरी का बहुत शौक रहता है और हमारी श्रीमती जो है ये ऑलवेज जो है औरजिनल ओल्ड ज्वेलरी पहनती आर्टिफिशियल पसंद नहीं करती है, का है। का तो क्या महिलाए सोलह श्रृंगार करती है हाथों तो में मेहंदी लगाती है, है, है। और दुल्हन की तरह सस्ती है और अपने पति की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए पूरा दिन निर्जलाव्रत रखती है करवाचौथ का त्यौहार पूरे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है करवाचौथ का त्यौहार सर्गी खाकर शुरू किया जाता है और सर्गी सूर्योदय से पहले खाई जाती है सर्गी सास अपनी बहुओं को देती है सर्गी की थाली में स्वादिष्ट भोजन पकवान होते हैं पूजा में पहनने के लिए गहने कपड़े व श्रृंगार का सामान होता है करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं इसके बाद सास द्वारा दी गई सर्गी खाकर निर्जल और व्रत का संकल्प लेती हैं फिर शाम को महिलाएं सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं और चौक पूरकर पूरे शिव परिवार की आकृति बनाती हैं। यह करवा चौथ का कैलेंडर लगाकर करवाचौथ की कथा पढ़कर पूजा करती है यह पूजा सामूहिक भी होती है भोपाल में और मध्य प्रदेश में जो चंद्रमा निकलने का मुहूर्त है वो आठ बजकर पचपन मिनट रात्रि से आ, से लेकर नौ बज के मिनट के बीच में चंद्रोदय होना चाहिए और आ, पूजा अर्चना जैसे कि हमारे यहाँ शिव परिवार की पूजा है क्योंकि प्रदोष काल में की जाती है शाम को साढ़े चार के आसपास जो हमारी जितनी भी बहनें हैं वो सब तैयार होकर श्रृंगार के साथ जाएँ और शिवालय में या कहीं भी इकट्ठी होती हैं वहाँ पर वो पूजा करें करवा एक दूसरे के साथ बांटें और पूजा अर्चना करें उसके बाद चाहें तो वो थोड़ा सा जल ले सकती हैं क्योंकि सुबह से वो भूखी होती हैं तो उनको इस प्रकार से करवा चौथ की पूजा अर्चना करना चाहिए पूजा होने के बाद इन्हें इंतजार होता है की आकाश देखो मैं आज की रात चांद और पिया दोनों को साथ साथ जब चंद्रोदय होता है तब महिलाएं चांद का पूजन करती है अर्घ देती है और छन्नी की ओर से दिए की रोशनी में पति के दर्शन करती हैं। वैवाहिक तो जीवन में खुशियों और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं और सास से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। वह तो सास को सुहाग की सामग्री भी भेंट करती हैं। दखल न्यूज की ओर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्यूज